नमस्कार गुड मॉर्निंग जोहार एजुकेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पिछली कड़ी में हमने जाना था कि बाल विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं तथा बाल विकास का आधार या नियम क्या है जाना बाल विकास में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये चार तरह के परिवर्तन होते हैं? पशु है तो उसी पशु का नहीं का दूसरा का है कि समानता में से से है। का का है कि एक तरह का मनुष्य मनुष्य जब भी चाहता है जो स्थानांतरण होता है दादा या नाना जो पीढ़ी से बच्चे में जो स्थानांतरण होता है माँ पिता का जो गुण लक्षण है पर्यावरण नियम में चाहता है कि प्रकृति और समाज ये भी बच्चों के बाल विकास को प्रभावित करता है किस माहौल में जा रहा है कैसा खान पीन है कैसा वहाँ का वातावरण है कैसा मौसम है कैसी जलवायु है और उसके साथ किस तरह के समाज को रखा है ये भी बाल विकास को प्रभावित करता है और इससे दस सिद्धांत हमें निकाल लिया है जो बताता है दसों सिद्धांत निजोड़ है बाल विकास क्या है व्यक्तित्व तो हमने बच्चों के बारे में क्या कहना बच्चे चैतन्य बीच के समान है चैतन्य बीज मतलब जिनके अंदर सोचने समझने अपना निर्णय लेने और अपनी आदतें बनाने संस्कार बनाने की क्षमता होती है और ये होती है इसके द्वारा उनके मन बुद्धि और संस्कार तो बच्चे क्या है एक जो जो शरीर है जो हम देखते हैं बच्चों का जो शरीर है और उसके अंदर जो आत्मा है या जिसको पूजा करते हैं या चेतना कहते हैं वो होता है क्योंकि अदृश्य होता है जो दिखने में नहीं आता है लेकिन उसके अंदर क्या होता है जिस तरह शरीर के अंदर हमारे हाथ हैं पैर हैं ज्ञान इंद्रिया हैं और का इंद्रियाँ हैं उसी तरह हमारे आत्मा के अंदर भी तीन इंद्रियाँ हैं कौन सी इंद्रियाँ है? हैं मन बुद्धि और संस्कार मन सोचती है बुद्धि निर्णय देती है कि क्या सही है क्या गलत है और संस्कार निर्णय के बाद जो तो कर्म करती है जो काम करते हैं करते हैं बच्चे या हम जो काम करते हैं या जो सोचते हैं वो हमारे आत्म हाँ तो में हो जाता है, और हमारा संस्कार हो जाता है तो जब हम बच्चों के विकास की बात करते हैं बाल विकास की बात करते हैं तो सभी क्षेत्रों में उनका विकास की बात करना चाहिए न सिर्फ शरीर का विकास बल्कि उनके मन का विकास उनके बुद्धि का विकास साथ साथ उनके संस्कारों का विकास जैसे सामाजिक विकास विकास विकास सारी तरह के विकास चर्चा हमने पिछले कक्षाओं में कर चुके हैं। अब हम लोग बाल बात करते हैं कि जब बाल विकास की बात करते हैं तो शरीर का विकास मन का विकास बुद्धि का विकास और संस्कारों का विकास तो वो कुछ अवस्थाओं में घटित होती है तो हम लोग आप जानते हैं कि वो तो कौन सी अवस्था पहला भाग है दूसरा भाग है था। तीसरा भाग है किशोर अवस्था विद्यालय अवस्था विद्यालय में बच्चों की जो उम्र है विद्यालय आने की विद्यालय में सीखने की और उनके विकास का ये चार अवस्था ऐसे हम लोग चार अवस्था तक की बात इसके बाद क्या आता है किशोर के बाद प्रौड़ा आता है तो उसकी बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे कि हम लोग दोनों पार्टी करके देखते हैं तो है, है? प्रसव का है? अवस्था का दो चरण है कौन सा एक कब से जब बच्चे, को, बच्चे का मां के ग्रह में क्या होता है उसका निषेचन अंडाणु और शुरानु के निषेचन के पश्चात और वो युग क्या होते हैं बढ़ते जाते धीरे धीरे बढ़ते हैं एक से दो दो से चार चार से आठ होते हैं तो आठ सप्ताह तक की अवस्था है या तकरीबन दो महीने की जो अवस्था है उस अवस्था से हम लोग करते हैं प्रारंभ होता है हाँ? तो की बात करते हैं, अभी उसमें वो उसके बाद आठ सप्ताह से जन तक जनता दो महीने से लेकर के जन तक उस अवस्था में क्या हो जाता है गर्भावस्था गर्भावस्था में क्या होता है बच्चे का अंग का निर्माण शुरू हो जाता है कौन सा आता है बाहर नहीं आया दुनिया में नहीं आया अभी कहा वो मां के गर्भ में है, तो उस अवस्था को प्रसव अवस्था करते है पहला आठ सप्ताह की अवस्था दो महीने की अवस्था है और दूसरा तीसरे महीने से लेकर के जन्म तो महीने महीने ले के बाद बच्चे होता है हम कहते ये बच्चे की पहचान कब होती है आठ सप्ताह तक पता नहीं चलता है कि तो अगर गर्भपात हो जाए तो पता नहीं चलेगा की किस चीज़ का गर्व है मनुष्य कहा किसी जानवर का है वो कब पता चलता है वो सप्ताह के बाद उसी को हम लोग गर्भ तब तक जब उसके सारे अंगों का छह महीने से जन्म तक जब जैसे ही बच्चे का जन्म आता है बच्चा इस धरती पर पैद रखता है तब कौन सी अवस्था का भी दो भागो में हम लोग हाँ दो भाग पहला है जन से के 15 इस इस अवस्था अवस्था अवस्था नया नया अब डिटेल हम बात में अभी प्रसव क्या क्या लक्षण होता है बच्चों का नवजात अवस्था में, में क्या लक्षण है सैशव अवस्था में क्या लक्षण उसकी बात हम डिटेल में करते मोटा मोटा जन्म से लेकर के दो भागो ये, ये ये में दो चरणों में बांटा है तीसरे तो साल, साल में पहुंचता है तो उसकी अवस्था को हम लोग बदल देते हैं बाल व्यवस्था बालक के रूप में बच्चा बाल बाल अवस्था या बाल व्यवस्था में बच्चे आ जाते हैं और उसको भी दो तो चरणों में हम लोग बांटने समझते हैं पूर्व बाल व्यवस्था जो कि दो से छह वर्ष तक की है और दूसरा है बाल बाल्यवस्था का चरण है मध्य उत्तर बाल बाल्यवस्था कुछ लोग मध्य बाल्यवस्था बोलते हैं कुछ उत्तर इसका बोलते हैं अब इसकी अवधि है छह से लेके बारह वर्ष तक ये है यही अवस्था जिसमें बच्चे हमारे प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक बाल्यवस्था को प्राथमिक विद्यालय अवस्था देखा जाता है छ से बारह अब हम बात करते हैं जैसे ही बारह से तिरानवे साल में बच्चे जाते हैं तो आ जाती है उनकी किशोरावस्था, ठीक है ये हो जाता है मध्य विद्यालय के बच्चे या प्रारंभिक विद्यालयों में के बच्चों की अवस्था होती है से भी हम दो चरणों में समझते हैं पहला है बारह से चौदह वर्ष और चौदह से अठारह वर्ष एक्चुअली किशोरा अवस्था चौदह से अठारह वर्ष या तेरह से अठारह वर्ष करते हैं जिसको तीन अवस्था बोलते हैं बोलते हैं इसको टीनेजर्स ऐसे बच्चों क्या होते हैं टीनेजर्स क्योंकि इनके आयु में लगा होता है तो ये हमारा तो हम जो तो बात करेंगे बाल विकास की तो माता मतलब के गर्भ में जैसे ही बच्चे काोपण हुआ संलयन हुआ अंडानू सुु का उस समय से लेकर के हमें अठारह वर्ष तक के बच्चों विद्यालय विद्यालय की जैसी बात करते हैं चलता है की गर्भावस्था में वहाँ आ गई है तो उसके यहाँ आंगनबाड़ी से पहुंचती है और उसके लिए दवाइयाँ हैं या पोषक आहार हैं उसका वितरण किया जाता है ताकि बच्चों का बाल विकास सही रूप से वोषित अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं प्रसव अवस्था अच्छा से बचाने पोषण से बचाने बचा और जब विद्यालय में बच्चा आता है आंगनबाड़ी में पोषक आहार मिलता है जब विद्यालय में आता है तो वहाँ भी हम अध्यन्दोलन और पूरा पोषकहार की व्यवस्था की गई ताकि उसका विकास यही बाधित नहीं हो तो ये हम लोगों ने समझा अब तक की बाल विकास की जो चार अवस्थाएं है दस अवस्था से लेकर ले अवस्था तक उसकी मोटा मोटी क्या अवधि है कितने से कितने वर्षों तक कौन सा अवस्था बच्चों का होता है अब हम जाने की इन सभी अवस्थाओं में बच्चों में क्या विशेष लक्षण होते हैं उन लक्षणों का हम लोग अगले आगे तो आप जानते हैं कि बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं में बच्चों में किस तरह से विकास होते हैं कौन कौन से लक्षण निश्चित अवधि पर हैं विकास विकास के लक्षण सबसे पहले लोग करते माँ से अंडा और, तो और पिता से वो दो से पिता से ये दोनों का हो तो क्या तो होता है कहा माँ के गर्भ में दोनों युगम क्या बन जाते हैं युग्मनज युगमन ठीक है और जो होता है, युगम ठीक का मतलब वृद्धि करता है अति होते 55% तो एक युग्मन से 2 युग्मन से 4 मान से 8 किस क्रम में वो बढ़ाते रहा वो कब तक बढ़ता है 8 सप्ताह ठीक है 8 सप्ताह तक ऐसे वो क्या होता है बढ़ता, बढ़ता है ठीक है तब अंगों का निर्माण अलग नहीं होता है यहां से गुणबात का निर्माण होता है कि एक से 2 घंटे में निषेचित अंडा दो कोष्ठ में बदल जाता है वहां के गर्भ में जैसे अंडाणु शुक्राणु का निषेचन हुआ इतना जमा तो एक से दो बनने में, में कितना समय लगता है घंटा। से से बनने में हम जानते हैं खरगो पुस्तक बच्चा जब जन्म लेता है तो खरगो पुस्तिकाएं होती है प्रारंभ कहा माँ पे पोस्तिका और पिता की पोस्तिका दोनों पुस्तक के लिए एक पुस्तक नया पोषक उस एक कोशिका से क्या है वो एक दो चार तो और एक लक्षण तो है कि आठ सप्ताह तक सिर्फ वो शिक्षा में दो महीने तक सिर्फ वो शिक्षा की संख्या में वृद्धि होती है उसमें कुछ तक उन्हें अलग अलग कामों का ही होता गर्भावस्था गर्भावस्था की समाप्ति के के पास कौन सी अवस्था आती है? वस्ता वस्ता वस्ता। ये गर्भा का है? क्या है? है क्या क्या सप्ताह से जन्म जन्म इसके लक्षण लक्षण इसका सबसे है कि इस दौरान मानव जीव रूप में पहचान तो की की है। दो महीने से लेकर महीने जन्म के पहले तक वो पूरे मानव के रूप में पहचान जन्म लेता है तो सारे उसके अंदर वो सारी चीजें <स constituent> उसके अंदर वो आता है अपनी खिलाड़ी बन सकता है वो सारी होती उसके अंदर योग होता है समय के साथ वो उसका उसका हमें उसका अवसर देना उसके बाद तो अगर रहेगा कि लेकर के उसके जन्म का जन्म दो महीने से जन्म करेगी गर्भावस्था एक पूर्ण मानव के रूप में बच्चे की पहचान बन जाती है गुणावस्था उसमें क्वेश्चन बना सकता, सकता, सकता, सकता, सकता, तो सकता, सकता है कि सप्ताह दो घंटे में दस घंटे में आठ सप्ताह क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं तो हम लोग अगर समझ जाए तो वैसा भी क्वेश्चन बनाएगा तो, तो भ्रूण अवस्था के उसका गर्भावस्था अब हम लोग आते हैं नवजात अवस्था जैसे बच्चा जन्म लेता है इस धरती पर आता है तो कौन सी अवस्था में कहा जाता है नवजात है लक्षण क्या बच्चों को रूप से क्या लक्षण सुनते दुनिया के चाहे किस देश का किस भाषा बोलने वाले जिस जाति किस जाती है सिर्फ माँ का अब जैसे बाहर आता है अब उससे क्या करना है उसको सामंजस्य स्थापित करना है अब वो सामंजस्य कब तक चलेगा खाना को खाना को बर्दाश्त बर्दाश्त करना, कैसे कैसे अलग अलग जिंदगी भरोसे चलती रहती है कैसे अपना घर बनाना है कैसे अपना कपड़ा पहनना है कैसे अपना व्यवसाय करना है कहाती है ये ये तो में में है है है है है इसमें लक्षण होता होता होता बच्चा जो अवस्था क्या करता वो समय तक सोता चौबीस घंटा में नब्बे कितना घंटा होता है उसके बाद उसके गले से घरघरा की आवाज आती है। गहरा होगा की आवाज ऐसा उसको बहुत छोटा है। खाने के बाद खाने के तुरंत बाद बढ़िया नींद आ जाती है। जैसे बोल दीजिएगा पेट भरेगा और भी आराम से एकदम आराम है। कोई दुनिया क्या हो रहा है उससे मेरी बात समझिए। और अब यही अवस्था है कि उसे सीखने की सहज क्षमता हासिल मदद। हम्म। लोका ना शुरू करता बच्चा जब स्कूल आता है तो उसकी बात नहीं समझना कब शुरू करता है वो उसका इसमें ऐसे कैसे पचावा हां तो पचाया लगता है इधर इधर कहीं गलती में पैसे सर करते कुछ कहीं नजर से देखा उसको देखा बहुत लगेगा तो रोएगा ना कभी कभी हंसता है चीज देखो देखेगा तो हंसेगा फूल आएगा तो बड़ा ध्यान रखना तो ये क्या वो सीख रहा है सहज क्षमता प्रश्न हो सकता है कि बच्चे में सीखने की सहज क्षमता हासिल हो जाती नवजात अवस्था में बच्चों में इनमें से कौन सा दक्षण दिखाई देता है तो मानव जीव के रूप में पहुंचा हो जाती है या उसके पहचान पूरी हो गई मनुष्य का बच्चा है इसी में कोई यहाँ पर क्षमता है अगली अवस्था उसकी क्या दिन से अब मुख्य क्या है मुख्य लक्षण क्या है गति गति गति विकास विकास विकास का का चलना चलना फिरना फिरना मेरा जो इस तरफ हाथ पकड़ना चाहेगा अगर हाथ तो तो में कुछ आ गया तो मुंह तो तो में डालेगा दांत तोड़ेगा पेट पर है तो नीचे उतरना चाहेगा तो उसको तोड़ेगा मरोड़ेगा पटकेगा तो pra, of, ये सब चीज करने से क्या होता है बच्चों को मना करके जो ये सब करने से बात करेगा तो और करेगा बना कर दे रुक दिया जाए नहीं करते दिया जाए तब क्या होगा नहीं तो उसका विकास नहीं बढ़ता विकास क्या हो जाएगा क्रांति का विकास हो जाएगा हाथ पैर का मानसिक हां तो रुकेगा तो तो तो ये, ये बच्चा का लक्षण yes. है।, है ये करना है, ये इसका का है। तो उसको बढ़ावा देगा तोड़ देता है तो हम लोग समझे बहुत सारा आरती है सहेज नहीं रखता है लेकिन वो तोड़ है है तोड़ने का कारण क्या क्या नहीं करता खिलवाड़ा तोड़ दिया मना कर देंगे तो हो तो सकता है इंजीनियर बनने वाला बच्चा वो कर देते हैं की तो क्यों तोड़ना तोड़ना तोड़ने के नहीं तोड़ता है वो समझना चाहता है उसे सीखना चाहता है है सीखने सीखने का वही है। <laughs> तो, तैसा सीखने का वही तरीका तरीका तो में क्या होता दे वस्तुओं करके, करके, को तोड़ मड़ोड़ करके पटक करके छू करके या चित्रों को देख करके तुम्हारा उत्तर क्या होता है के, करके, तो तो कर तो है, है, गतिक गति का संचालन अपने हाथ का संचालन करना सीखेगा पैप का संचालन कमर का संचालन करना सीखेगा, गर्दन को संभालना सीखेगा उसके साथ साथ वो ये सब चीजें करने साथ वस्तुओं के साथ कौन सा वस्तु बड़ा है कौन छोटा है कौन मुलायम है कौन कठोर है कौन कितना दूर फेंकने से जाता है कौन आवाज कैसा आवाज करता है ये सब चीज से साथ साथ मानसिक विकास भी हो रहा है। तो ये मुख्य लक्षण है से करके, से दो करके। ये हम लोगों क्या? अब के बाद आगे आता है? नहीं। कौन कौन चल बाल पूर्व बाल्य अवस्था या उत्तर पूर्व बाल्यवस्था दो से छह साल और मध्य या से लेकर के साल सा। तो उसके बाद किशोरावस्था किशोरावस्था टेरास। में कानूनी अवस्था और किशोरावस्था अवस्था इसकी बात भी हम लोग तो आज हमने जाना कि व्रूण अवस्था से लेकर शैशव अवस्था तक के बाल विकास के सामान्य लक्षण क्या है इसके अंतर्गत यदि हम बात करें भ्रूण अवस्था की तो भ्रूण अवस्था में युग्मनज का निर्माण होता है और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है जबकि गर्भावस्था में बच्चे का मानव जीव के रूप में पहचान स्पष्ट हो जाती है यदि हम बात करें नवजात अवस्था की तो नवजात अवस्था में बच्चे प्रकृति और परिवेश से सामंजस्य स्थापित करते हैं जबकि शैशव में बच्चे में गतिक विकास तेज गति से होता है धन्यवाद छठी कड़ी के अंतर्गत हमने गर्भावस्था और शैशवावस्था के विभिन्न लक्षणों को जाना इसके अगले भाग में हम जानेंगे बाल्यावस्था और किशोरा अवस्था के विभिन्न लक्षणों क्लास के साथ ताकि सीखना जारी रहे